आपको ये चीज तो मालूम ही होगी कि आपकी जॉब या पढ़ाई या किसी भी काम के साथ साथ जब भी आपको फ्री टाइम होता है तो आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए हेल्प करता है इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ टॉप 10 हाई इनकम साइडेंड ट्वेंटी टू अब इन दस में ऐसे जिस भी टॉपिक के बारे में आप डिटेल में वीडियो आगे चाहेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जस्ट उसका नाम मेंशन कर दीजिए ना स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट वीडियो और हाँ अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराए तो कर लेना चैनल पर नए हो तो हिट दैट सब्सक्राइब सबसे पहला तरीका है लीड जनरेशन सर्विस प्रोवाइडर बनने का बहुत ही सिंपल सी बात है कंपनी इज अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और इसी रीजन से उन लोगों को हमेशा जरूरत होती है अच्छे अच्छे लीड की जहां पर वो उनको कॉन्टेक्ट कर पाएंगे और अपना जो लीड कन्वर्जन रेशियो है उसको काफी इंप्रूव कर पाएंगे सही इंसान तक पहुंचा उसी सही इंसान तक पहुंचने में लीड जनरेशन हेल्प करता है और वही काम आप करेंगे उनका प्रेंगे, उनका प्रेंगे, कैसे करेंगे के हैं, के हैं। अगर आप चाहें, तो वीडियो के देख सकते हैं। जो आप दो हजार बाईस में कर सकते हैं डेफिनेटली बर्थ दूसरा है ट्रेडिंग अब देखो या तो आप यहाँ पे एक्चुअल स्टॉक्स में क्रिप्टोज में कॉमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो आप वहां से ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो बाय सेलिंग कर सकते हो नहीं तो आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हो काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको सिर्फ हाँ एंड डाउन वो सजेस्ट करना होता है ठगने के लिए बैठे हुए हैं पर यहाँ पे अगर आप सही प्लेटफॉर्म चूज करते हैं अगर वो प्लेटफॉर्म रियल टाइम करने के लिए मौका देता है रियल टाइमोडिटी की जो प्राइस है वो अगर वहां पर रेगुलरली अपड होती है तो दैट इज अट प्लेटफॉर्म मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक कूल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एक्सपर्ट ऑप्शन उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा टू बी द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो यो है ये है है मेरे जो व्यूज हैं वो स्पॉन्ड नहीं है मैं कि पैसा उस के में करना कर तो. ना, एक लाइसेंस ब्रोकर है बाय अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल एक्सपर्ट ऑप्शन प्लेटफॉर्म पे आप डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज कर सकते हैं टू ट्रेड जैसे क्रिप्टो करेंसी स्टॉक्स मेटल और काफी सारे ऑप्शन अब फिलहाल के लिए हम बात करते हैं क्रिप्टो की क्योंकि अगर मुझे भी करना हो तो मैं क्रिप्टो को ही ज़्यादा चूज़ करना क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो मैं नॉर्मली फॉलो करता रहता हूं अगर मुझे टॉप क्रिप्टो इंडेक्स में ट्रेड करना है तो मैं यूज़ुअली कैंडल्स एंड बोलिंग जब बैंड करता हूं ताकि मैं चार्ट के मूवमेंट को प्रोडिक्ट करो के तौर पर समझ लो कि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नजर आ रही है अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट मोमेंट पे ये जो प्राइस है जो यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा है जो रियल टाइम अपडेट हो रहा है मुझे लगता है किस्ट मोमेंट नीचे जाएगा तो यहाँ पे रेड वाले टैब पे क्लिक करूंगा आफ्टर सेलेक्टिंग जो भी मुझे सेलेक्ट करना है इस डेमो में आपको नजर आ रहा है 25 डॉलर है। ये मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं जीता है या जो आपका इन्वेस्ट पैसा है वो चला गया डेमो में आपको नजर आ रहा है पच्चीस डॉलर लगाया गया और पैतालीस डॉलर की कमाई होगी यानी कि सीधा सीधा बीस डॉलर की कमाई एक्सपोर्ट ऑप्शन की हैं। जैसे की वीजा मास्टर कार्ड यूपीआई फाइनाट्राज का है वो अठारह से ऊपर की स्टार्ट कर सकते हैं आप तो आपके पहले डिपोजिट पे आपको हंड्रेड परसेंट बोनस मिलेगा यानी कि अगर आपने दस डॉलर डाला है तो आपको दस डॉलर की जगह बीस डॉलर मिलेगा आपके अकाउंट में आपको ध्यान रखना है कि रजिस्टर करने के बाद में एक घंटे के अंदर अंदर ही आपको यह चीज मिलेगी अगर आप उसके बाद तो आपको 100% बोनस नहीं मिलेगा। तीसरा तरीका है सोशल मीडिया मैनेजर काफी आप सोशल मीडिया मैनेजर बनते हैं तो आपने चौथा है अब ये चीज बारे में course, आपको जब तक डिटेल में पता नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे पर इतना बेसिक समझ लो हर एक एनएफटी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के के के जो डिस्कॉर्ड सर्वर सर्वर होता है वहां पे पूरे पूरे को सर्वर को को कम्युनिटी मैनेज करने के लिए यू हैव मॉडरेटर्स नहीं तो आपको मोस्ट अमेजिंग नया इनकम जनरेट करने वाला साइड असल जिसे आप दिन के कुछ घंटे निकाल के रेगुलर बेसिस पे काफी अच्छी इनकम कर सकते हैं इस चीज के ऊपर डिटेल वीडियो जरूर करना चाहूंगा अगर आप लोग चाहेंगे किसी भी इन दस मैं जिसपे भी डिटेल वीडियो चाहेंगे वो मैं आपके लिए जरूर वीडियो कितने ज्यादा लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं काफी ब्रांड्स हैं काफी क्रिएटर्स है इन्फ्लुसर्स हैं वो आर कंटिन्यूसली रेगुलरली ऑन दुकआउट फॉर गुड अमेजिंग एडिटर्स जो उनके काम को आसान कर देंगे क्योंकि एक टाइम के बाद में क्रिएटर को काफी ज्यादा और में फोकस करना पड़ता है इसलिए वीडियो डेटिंग का जो काम होता है है उसकी टीम हैंडल कर लेती नॉर्मली आपको काफी अच्छा पैसा मिल लगता है की वो चीज लोगों को हेल्प कर सकती है यू कैन क्रिएट योर ओन कोर्स एंड यून It and you can sell it. वो करने से होगा नॉलेज को तो शेयर कर रहे हैं साथ में, में है। आपको है आप हैं, तो आप भी सकते हैं ट्रांसलेटर काफी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, की और अगर है तो ही आप ये काम कर सकते हैं पर जिन लोगों को एन अमेजिंग हाई इनकम जनरेट करने वाला साइड काफी ज्यादा कंपनी को उनके काउंटर पार्ट को ऑफिशियल को जब वो दूसरी कंट्री में विजिट करते हैं जहां पर लैंग्वेज नहीं आती उनको रेगुलरली ट्रांसलेटर की जरूरत होती है जिनको ट्रांसलेट करना पड़ता है तो बी एट ऑडियो ट्रांसलेन या वीडियो ट्रांसलेशन या फिर एक्चुअली में रियल टाइम ट्रांसलेन आपके पास में काफी ज्यादा स्कोप होते हैं जो फ्रीलांस बेसिसन टेक केयर ऑफ ऑल दोन यून मेक इनकम नंबर एट है प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर मग्स हैं टी शर्ट है मर्चेंटाइजर है जरिए काफी ज्यादा अपनी खुद की सर्विस प्रोवाइड करके पैसा तो खुद की डिजाइन तैयार करेंगे कर जान की जरूरत है क्योंकि थिंग्स नॉट समथिंग जो आपको एक छोटे से वीडियो में छोटे से डिस्क्रिप्शन में बताया जा सके देर आर अट ऑफ थिंग जो आपको जब आप चीज करते हैं बट दिसम एज साइड में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है पहले भी काफी काफी बार ये चीज़ बता चुका बताते रहते हैं। काफी सारे फ्री इतना be ever, वही होने से आपके पास में अपनी सेल्स जनरेट करने के लिए अच्छा ऑप्शन मिलेगा अगर आपने बोर्ड नहीं लिया तो थिंग्स विल डेफिनेटली नॉट बी डेट Last, not least, number 10 है है है है या फिर का काफी अच्छे हैं की जरूरत हर हर कहीं पे है, है, पे है, पे चाहे चाहे आपको आपको करनी डालना जगह वगैरह आप करना मोस्ट अमेजिंग इनकम एज अडल इन दर टू थाउंडी टू और इसी के साथ यही दस चीजें हैं जो मैं आपके साथ इस में शेयर करना चाहता था अगर आप लोगों को लगता है इनमें से किसी इसके ऊपर यू नीड डिटेल वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो बाकी वीडियो में से इतना ही मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया आता है तो लाइक कर देना आता है तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि और भी अमेजिंग वीडियोस आपको ऐसे नजर आते रहेंगे बाकी मैं आपको